अच्छा ठीक है हाँ ठीक है लेकिन थोड़ा जल्दी आना शाम को ठीक है है? ये रामू है। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठ इसको किस लिए लेकर आये हो तो तुम घर का काम करते करते थक जाती हो काम करने चल रहा है। अच्छा ठीक है अच्छा सुनो इसको घर का सारा काम का समझा दो चलो रामू सुनो क्या हुआ सुबह ऑफिस जल्दी आना सुबह सुनो तो अरे सो जाओ यार मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है तुम। और और तुम बताओ तुम्हारी मैरिड मैरिड लाइफ लाइफ कैसी चल रही है मेरी मेरी बहुत बेकार क्या क्या हुआ बस यही एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी टाइम नहीं दे रहे टाइम भी नहीं देते दे है बस ड्यूटी जाते मांगते हैं खाना धो खाना खा के फिर वो सो जाते हैं तो तो तुम काम अगर तुम्हारे टाइम नहीं दे पा रहे, बाहर तो कुछ देख लो फिर। बाहर? बाहर ये क्या क्या? क्या ठीक रहेगा ऐसा? तुम्हारे क्या पता, तुम्हारे पता का चक्कर चल रहा हो तभी तुम्हें टाइम दे रहे अब देखो मैं ऐसे तो ठीक है बाकी तुम सोच के बताना जो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं मैं सोचती उसके बाद मैं तुम्हें बता ठीक है ओके ओके बाय बाय अच्छा सुनो मैं ऑफिस के काम से पंद्रह मिनट में बाहर जा रहा हूँ तुम अपना ठीक है आप भी अपना ध्यान रखना आराम से जाना रामू जी मालिक अच्छा सुनो मैं पंद्रह दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ रामू जी मालकिन एक गिलास पानी लेके आना अभी लाया मालकिन आया मालिकी जी मालिक मुझे मेरे दूर तक छोड़ दो ठीक है मालिकीन रामू। आया मालकिन एक कप चाय लाना अभी लाया मालकिन लो मालकिन एक ग्लास पानी लेके आना अभी लाया मालकिन। लो मार्केट यार मेरे लिए ड्रिंक ला अभी लाया माल। उन्नीस रामू जी अरे यार थोड़ा पैर में दर्द हो होगा दबा दोगे कल तो रामो मालके। मालके वैसे एक बात बोलो। हाँ बोलो। मालिक के जाने के बाद मज़ा बहुत आ रहा है हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है दो मालकिन अरे ये क्या हो रहा है मेरे पीछे ये सब क्या हो रहा था सॉरी मैं थोड़ा थी। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी उस रामू की छुट्टी रामू बोरिया बोलिया बिस्तरा उठाने उठा उठा का यहाँ से हेलो हाँ, हाँ बोलो आज तुम्हारे मालिक घर पर नहीं है तुम जल्दी से आ जाओ ठीक है अभी आया अभी अभी तक अरे आ इतनी जल्दी कैसे गए बताता दो कैसे आ गए हेलो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे YouTube चैनल सुखी भाई को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद